हेलो हेलोगा ये एप्लीकेशन को देख सकते हो ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्सटी फाइव रुपीज़ का कैशबैक मिला है इस एप्लीकेशन की तरफ से नीचे स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर देख सकते हो थर्टी नाइन पॉइंट नाइनटी रुपीज़ का कैशबैक मिला हुआ है ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है रशभा हाइक इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने मोबाइल नंबर ओ डाल के सैनअप कर लेना उसके बाद आपको रिवॉर्ड ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर आपको डी लॉगिंग या फिर पिन का ऑप्शन मिल जाएगा दोनों में सब अच्छा खासा आपको यहाँ पर डिपॉजिट में मिल जाता मनी या फिर बोनस भी मिल सकता है देख सकते हो मुझे पाँच रुपये वहाँ पर बोनस में मिला हुआ है अब मैं अपना प्रोफाइल जो है वो चेक करा देता हूँ कि मैंने लेफ्ट टाइम कितने की अर्निंग की है यहाँ पर देख सकते हो थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू की अर्निंग की है एट्टी टू मैच के लिए यहाँ पर जो विड्रॉल है वो मिनिमम ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का है और जो नया अकाउंट से साइनअप करेगा उसके लिए यहाँ पर टेन का कराएगा यहाँ पर मैं अपना दिखा देता हूँ कितने बार मैंने यहाँ पर विड्रॉल लिया हुआ है देख सकते हो और अलग से दो दो अकाउंट है मेरे पास और यहाँ पर रेफरल पर जो है भाई पर रेफरल फिफ्टी मिलती है फिफ्टीन और यहाँ पर लूडो जैसे गेम मिल जाएंगे खेल सकते हो आराम से